एक बार फिर से प्रणाम स्वागत वो अभिनंदन हमारू चैनल पहाड़ी भुल्ला अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व सब्सक्राइब बटन में तुम हाथ धलला यह वीडियो तुम तक पसंद आली ये की उम्मीद हम करला आपो ज्यादा समय न लेते हुए कविता जल्दी शुरू करला ला कविता को सीर अभी भी कोरोना से जंग जारी थी कोरोना जे का बारे में कि आज बच से बच जड़नू बहुत बड़ी महामारी बनी कि अभी भी कोरोना से जंग जारी ची कि अभी भी कोरोना से जंग जारी ची या अभी तक सबसे बड़ी महामारी ची ये से पूरी दुनिया करीब करीब भारी ची मास्क व सामाजिक दूरी राखण हम सबकी जिम्मेदारी ची बिना कामा घर से भेर ना निकलो जेता अपरिजान प्यारी ची कि आज तक के डॉक्टर नर्स वैज्ञानिक व पुलिस लड़ीन कोरोना से अब हम सबकी बारी ची कोरोना हरण भागीदारी कोरोना अभी भी बरकरार छो ब्लैक फंगस तैयारी ची, पूरी दुनिया धीरे धीरे नष्ट कोरोना अभी भी बरकरार छो ब्लैक फंगसे भी तैयारी ची, पूरी दुनिया धीरे धीरे नष्ट हुआ जारी कति <स> वैक्सीन <नहीं> लगौना नी तो भगदड़ जारी सभी वैक्सीन लगौन जा वैक्सीन सरकारी ची, भले काम धीरे कि की बड़ी आबादी ची, महान कोरोना पॉजिटिव को इलाज करी अपरी जान गवाई और कोई बुरा आदिम यू तृत परिवार जनो से ज्यादा अपरी जान प्यारी ची, कि आदिम आदिमो सहयोग नही यानी मुसीबत भारी छ आज तक के मैच हारी तो जीत पारी कोरोना प्रोटोकॉलो पालन कला यही मत समझदारी ची कोरोना वॉरियरों का हम बहुत बहुत आभारी ची ब्लैक फंगस से विसावधान ये दहशत जारी ची ब्लैक फंगस से भी ये विसावधान दहशत जारी ची बेरो खानो ना खा आजकल घरों खानो मद अच्छु स्वाद ये मार अच्छी से तो ये चिराज सब सभी स्वस्थ बनिया रिया ई मनोकामना का साथ एक बार फिर से मत सुनो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मत सुनलो बहुत बहुत धन्यवाद